प्यार का प्यारहला पनेठ गए सारे खिलौने में चुके जो नहीं तो दुनिया हमको अच्छी नहीं लगती तुम तो जो नहीं तो बात कोई हा सची नहीं। बात से पहलाया लेकिन दिल का दर्द नली होता अभी जाओ वरना जा <sweak>